हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आयोक आप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह एक वीडियो में जैसा कि लेकर के आता रहता हूं तो वैसे ही हमारे पास एक फ़ोन और है वीवो का एक फ़ोन है हमारे पास ये मैं दिखाना चाहता हूं वीवो का एक फ़ोन है जो कि ये फ़ोन पैटर्न पे है किसी यूज़र ने इसका पैटर्न भूल चुके हैं तो इसके पैटर्न को हम आपको ईजिली तरीके से रिमूव करके दिखाएंगे तो ये वीवो का एस है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वीवो का एस फ़ोन है जो कि इसमें एक पैटर्न लगा हुआ है तो इस फ़ोन को हम प्रॉपर तरीके से अनलॉक करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसमें पैटर्न लगा हुआ है वीवो का ये फ़ोन है तो आप हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक को दबाएँ जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड तो इसकी अनलॉकिंग बहुत ही ईजी तरीके से हम करने वाले हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आपने देखा सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ यूएम से मैं अनलॉकिंग करने वाला हूँ फ्रेंड्स यूएम से अगर वीडियो आपको पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं नहीं तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे तब तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मैं फ्रेंड्स यूएम को लगा देता हूँ और यूएम लगाने के बाद यू का एक सेटअप हम खोल लेंगे यूएम का सेटअप हम खोलेंगे अल्टीमेट मीडिया टेक उसको तो हम कर लेंगे ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास ये जो फोन था हम इसकी बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं अनलॉकिंग तो आप वीडियो क्लास से जरूर देखें तो वीडियो को हम प्रॉपर कर लेते हैं बंद पन... फ़ोन जब तक ही हमारा हो रहा है तब तो तक हम इसे कर लेते हैं ऑफ़ पावर ऑफ कर देते हैं बंद कर देते हैं फ़ोन को तो ये देखिए हमारा ये इंटरफेस खुल चुका है फ्रेंड उसके बाद इसमें जो सीपीयू है इसमें लगा हुआ है एमटीके का सीपीयू है तो हमें जाना है टूल एंड अफारके में जाना है टूल एंड अफारके में जाने के बाद अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है अपना वीवो ले लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना वीवो लेने के बाद अपना मॉडल लेना है तो मॉडल अगर S1 है तो ठीक है नहीं तो आप Y93 या कुछ भी एक ऐसा बड़ा मॉडल आप ले सकते हैं जैसे तो फ्रेंड्स अगर इसमें आपका मॉडल नहीं है तो आप इसमें मॉडल जो भी आ, लेटेस्ट फ़ोन हो थोड़ा वीवो का आप ले सकते हैं जैसे इसमें देखिए एस वन नहीं है तो एस वन अगर नहीं है तो इसमें आप वाई नाइन्टी ले लीजिए या आप ले लीजिए वाई सेवेंटी ले लीजिए या आप वाई नाइन्टीन ले लीजिए मतलब जो एक बड़ा मॉडल का आप ले सकते हैं जो कि एक लूडर का, का काम करता है तो फिलहाल नहीं है तो हम ले, ले लेते हैं वाई को हम ले लेते हैं फ्रेंड वाई हमने ले लिया क्योंकि इसमें एस का मॉडल एड अभी नहीं है यू में अब हमें सीधा क्या करना है फैक्ट्री सेट टू मेटा करना है क्योंकि हमें फैक्ट्री सेट टू मेटा मैथड से इसको करना है तो हम कर देते हैं इसको क्लिक क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें से क्या करना है केबल डाटा केबल से कनेक्ट करना है तो ये देखिए अब यहाँ पर फोन को प्रॉपरली तरीके से कनेक्ट करना है तो हम सीधा इस पर डाटा केबल इन कर देते हैं फ्रेंड्स ये हमने डाटा केबल इन कर दिया है तो देख सकते फ़ोन हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है अभी फोन मेटा मोड पर जाएगा क्योंकि हमने कोई भी की प्रेस नहीं करना है आपको कोई भी वैल्यूम की या फिर कोई भी ऐसा की आपको प्रेस नहीं करना है तो ये फ़ोन में आपके सामने ये डाटा केबल लगा हुआ है अभी फ़ोन मेटा मोड में जाएगा और मेटा मोड में जाने के बाद बहुत ही इजीली तरीके से ये अनलॉक हो जाएगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे तीस सेकंड यहाँ पे मेटा मोड पे चला गया फ़ोन कोई इंडिकेशन तो नहीं है बाकी हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और बस थोड़ी ही देर में ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा अगर मॉडल जैसे हमने बताया कि फ्रेंड्स अगर मॉडल नहीं है तो आप टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि आप यहां पे जो अपना मॉडल है आप सेलेक्ट कर सकते हो तो देख सकते हैं यहां पे हमारा फिनिश्ड हो चुका है अभी फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा ये देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन हो चुका है कम्प्लीटली ये देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ पे वीवो का वन मॉडल था इसका ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है तो हम इसे निकाल देते हैं और हम फोन को करते हैं ऑन तो ये हमारा फ़ोन होना चाहिए फॉर्मेट तो हम पहले इसको कर देते हैं ऑन क्योंकि बूट होने में थोड़ा सा लगेगा टाइम तो फिर आपको हम सारा इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं तो देखिए ये फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है तो मेन मोटिव अभी है इसका फॉर्मेटिंग करना इस फोन का भी मेन मोटिव है कि हमारा फोन पहले फॉर्मेट होना फिर आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एफ बाईपास भी आप वीडियो देख लेंगे हमारे आगे आने वाले चैनल पे तो देख सकते हैं इन फोन को क्या किया था मैंने फिर से हाइलाइट कर देना है आपको टू डेन्ड्रेड फार पी में जाना है आपको वीवो सेलेक्ट करना है वीवो सेलेक्ट करने के बाद आपका अगर मॉडल है तो ठीक है नहीं है तो फ्रेंड्स आपको कोई भी एक बड़ा मॉडल को सेलेक्ट करना है चाहे यहाँ पे आप Y17 ले लीजिए वाई ले लीजिए या फिर वाई ले लीजिए यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमने यहाँ पे वाई ले लिया था अब हमें करना था फैक्ट्री जैसे टू तो फैक्ट्री जिससे टू हमने किया है पे आप देख सकते हैं तो हमारा यहाँ पे फोन पहले ही मोड में ही कनेक्ट हुआ ब्राउन मोड में कनेक्ट होने के बाद हमारा यहाँ पे मेटा मोड में फोन गया मेटा मोड में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से ये अनलॉक हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड बहुत इजीली तरीके से हमारा ये अनलॉक हो गया है अभी थोड़ा सा इसमें लगेगा टाइम और जैसे फॉर्मेट हो जाता है तो आगे का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे करके फाइनली जरूर दिखाऊंगा ये थोड़ा सा बुटिंग में ये वही फ़ोन है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो वीवो लिखा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आई होप वीडियो अगर समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल तो देखिए बात करते करते ये फ़ोन ओपन हो चुका है ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये हमारा फॉर्मेटिंग हो चुका है बहुत ही तरीके से क्योंकि अब एक्चुअल में ये हमारा फ... हमारा जो मोटिव था वीडियो का ये था एफआर हमारा फॉर्मेट करना पैटर्न को रिमूव करना जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ़ोन हमारा फाइनली फॉर्मेट हो चुका है अब ये फ़ोन में लगा होगा एफआरपी तो इस एफआरपी का वीडियो हम आपको देने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तो इसकी एफ बाईपास कैसे की जाती है अगर आप देखना चाहेंगे तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी जा कर देख सकते हैं उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमेशा पता रहेगा मैं ये फाइनल लास्ट तक ले जा रहा हूँ देखता हूं कि इसमें एफ लगी है कि नहीं लगी है फ्रेंड मैं इसी फ्रेंड इसी फ़ोन का एफ आर पी बाईपास करूँगा आप देखिए यूज नो आप जानते हैं कि ये जो फाइनल होता है अब हम जैसे यूज नो पे क्लिक करते हैं तो ये फ़ोन वापस से देखिए एफ गूगल अकाउंट पे लिए बोल देगा नॉट सिंग तो ये एफ पे लग गया है तो इसको हम जैसे कर देंगे फिर से वापस होम स्क्रीन पर आ जाएगा स्टार्टअप स्क्रीन पर तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहें मेरे चैनल में अयु भी समझ में आया होगा इसकी फॉर्मेटिंग तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो